नमस्ते भाई और बेनो देखिए आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आज ये लोग क्या पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हो बेटा क्या पढ़ रहे हो बताओ बताओ बताओ बताओ, बताओ, बताओ? आप क्या पढ़ रहे हो बताओ क्या पढ़ रहे हो हिंदी पढ़ रहे हो इंग्लिश पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो हिंदी पढ़ रहे हो अच्छा आप भी पढ़ो और आप क्या लिख रहे हो लिख रहे हैं। और आप आरब जी आप क्या लिख रहे हो आप क्या लिख रहे हो कुछ नहीं जाओ आप कुछ नहीं लिखा आप सिर्फ पाँच सो और मैडम जी आप क्या बना रही है आलू का चटनी देखिए हमारी मैडम पता नहीं क्या बना रही है हमारे लिए क्या बना रही है मैडम जी आलू का चटनी तुम दिखाइए कहाँ बनाए आलू उबलाया हुआ है अभी अच्छा आलू उबोल रहा है और क्या बना रही है और मुर्गा रखा है दिन का मुर्गा बना अच्छा ठीक है तो